नमस्कार दोस्तों भारत एक ऐसा देश जो अपने वीर और परमवीर पराक्रमी राजाओं के लिए जाना जाता है ऐसे देश में अनगिनत किले और महल बने हुए हैं जिनकी वास्तुकला और उनका इतिहास अपने आप में अनूठा है जैसे जैसे हम इतिहास की जड़ों में पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे वह वै और भी ज़्यादा रहस्यमयी और नया हो जाता है मानो अभी तक जो भी हम जानते थे वो सब बस इतिहास के के कुछ ही ही हैं। हैं, जो आज हम आपको आपको ऐसे ही किसी रोमांचक सफर पर ले के जा रहे हैं, जहां आपको इतिहास, मोहब्बत और जंग सबका संगम मिलेगा आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे किले के बारे में जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया परंतु इतिहास में उसे वह जगह नहीं मिली जो शायद उसे मिलनी चाहिए थी तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र और जिला की नगरी माना उदाहरण है।, है।, के है, है यह शहर सभी प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है चाहे वह बात मेडिकल कॉलेज या फिर कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पर किसानों के विकास और उन्नति के निरंतर प्रयास होते हैं इस विश्वविद्यालय में दूसरे देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं बांदा शहर में श्री महेश्वरी देवी काली माता संकट मोचन और बामेश्वर मंदिर आदि प्रमुख तीर्थ स्थल हैं रामायण काल से जुड़ा चित्रकूट शहर यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है अगर आप फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं नवाब टैंक आपको निराश नहीं होने देगा यहाँ का बेहतरीन नजारा आपकी तस्वीर में चार चांद लगा देगा। भाना की की नदी में में पाए जाने वाले सजर पत्थर पत्थर दुनिया भर मशहूर है। हैं। हैं ये बहुमूल्य होते और इनसे बेस तैयार किए जाते हैं केन नदी के किनारे खुद में अनगिनत राजस्य और षडयंत्र को समेटे जर जर हो चुका है खंडर भूरा गुंदेल चंदन किले का महत्व महाराजा छत्रसाल के शासन काल हृदय जगत राय से जुड़ा हुआ है जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1776 में किले की मरम्मत करवाई थी किले की देखरेख की जिम्मेदारी अर्जुन सिंह को दी गई थी सन सत्रह में सतासी का शासन अली बहादुर प्रथम के हाथों में आ गया अली बहादुर प्रथम का युद्ध सन 1792 के लगभग बूरागढ़ के प्रशासक उन्होंने अर्जुन सिंह के साथ हुआ जिसके बाद किला कुछ समय तक नवाबों के शासन में रहा लेकिन कुछ समय बाद ही राजा राम दउआ और लक्ष्मण सिंह दउआ ने किले को अपने अधिकार में ले लिया जिसका शासन गुमान सिंह के नाती के हाथों में गया किले से जुड़ा क्रांतिकारियों का इतिहास ब्रिटिश राज के खिलाफ महान स्वतंत्रता संग्राम 14 जून 1857 को हुआ है युद्ध का नेतृत्व अली बहादुर द्वितीय ने भू किले से किया युद्ध सोच से भी ज्यादा भयानक था नवाबो द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में कानपुर प्रयागराज और बिहार के क्रांतिकारी भी शामिल हुए इस लड़ाई में लगभग 3000 तीन हजार क्रांतिकारी के शहीद होने का जिक्र है इस युद्ध में अट्ठाईस व्यक्तियों के नाम विशेष तौर पर मिलते हैं किले के अंदर और बाहर कई क्रांतिकारियों की कब्रें पाई जाती हैं किला सालों तक के रहा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से विनाश की कगार पर पहुंच गया तहखाने और निचली और मंजिलें गंदगी कचरे की वजह से नीचे रह क्या है नट बाबा मंदिर की कहानी माना जाता है कि तकरीबन 600 साल पहले महोबा जिले के सुगरा में रहने वाले अर्जुन सिंह भूरागढ़ के किलेदार थे किले से कुछ दूर मध्य प्रदेश के सरवई गांव में रहने वाला नट जाती कर, साल का का साल युवक किले में नौकर था किलेदार से प्यार हो गया जिसके बाद वह अपने पिता यानी से नट से शादी करवाने की इच्छित करने लगी नोने अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी के सामने शर्त रखी कि अगर पीरन नदी के उस पार बम्बेश्वर पर्वत से किले तक नदी सूत की रस्सी से चढ़कर पार कर गया तो उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर दी जाएगी सिंह की शर्त मान ली खास मकर संक्रांति पर चढ़कर किले तक जाने लगा। चलते चलते उसने नदी पार कर ही ली थी लेकिन जैसे ही वह किले के, के, के पास पहुंचा नौने अर्जुन सिंह ने किले में बंधे हुए सूत के धागे को काट दिया बीरन ऊंचाई से चट्टानों पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई जब नोने अर्जुन सिंह की बेटी ने किले की खिड़की से भीरन की मौत देखी, तो वह भी किले से कूद गई और उसी चट्टान पर उसकी भी मौत हो गई। दोनों प्रेमियों की मौत के बाद किले के, के नीचे ही दोनों की समाधि बना दी गई जिसे की बाद में मंदिर के रूप में बदल दिया गया मकर संक्रांति के लगता है आशिकों का मेला मकर संक्रांति के पांच दिन पहले भोरागढ़ किले में आशिकों का मेला लगता है अपने प्रेम को पाने के लिए हजारों जोड़े इस दिन यहां आकर विधिवत पूजा करते हैं और मनते मांगते हैं हर साल इस किले के नीचे बहुत बाबा के मंदिर में मेला लगाया जाता है मेले में दूर दूर से लोग आते हैं कहते हैं कि यह जगह प्रेम करने वालों के लिए इबादत कम नहीं है यहाँ आकर उन्हें लगता है कि इस जगह मन्नत मांगने से उनका मनचाहा भी, भी मिल जाएगा। में राजाओं का कुआं कुआं था। था, स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत पुराना था। जो कि सही देख रेख न होने के कारण अपनी छवि खोता चला गया हालांकि सरकार द्वारा कुएं की मरम्मत के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ काम किया गया था लेकिन कुएं में आज तक पानी नहीं भरवाया गया जिसकी वजह से का ढेर रह गया। किले के परिसर में बावली बावली भी है। बावली में बरसात का पानी हो जाता है बावली के बगल में ही ही किले का है, जो से दिखाई देता है किले के परिसर में बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले भी लगाए गए हैं लेकिन ही वहां कोई बच्चा खेल नहीं जाता है पूरे दुर्ग का अंबार लगा हुआ है और खतरनाक जंगली सरी घूमते हुए मिल जाते हैं जो प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है तो आज का सफर यहीं तक कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई रहसम कहानी के साथ